तो हेलो गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट क्राफ्ट वर्जन वन पॉइंट जीरो पॉइंट एट्टीन पॉइंट ट्वेंटी तो इस वर्जन को कैसे एंड्रॉइड में डाउनलोड करें वो आज आपको सिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट डाउनलोड करने सीधे यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है और यहाँ पर आपको टू टाइप्स के यहाँ पर माइनक्राफ्ट देखने को मिल जाता है एक है माइंड क्राफ्ट जो कि यहाँ पर एक सौ सत्रह एम के आसपास है तो इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है जो रहता है हमारे रियल वाला माइंड में तो इसका रेटिंग जो देख सकते हो तो फोर रेटिंग तो आपको बैग आना है और देखना है हमारा जो रियल वाला माइनक्राफ्ट जो कि परचेस करना पड़ता है छः सौ मतलब सिक्स हंड्रेड फिफ्टी आपको इसको परचेज करना पड़ता है उसके बाद आप लोग इस गेम को प्ले कर पाओगे और नीचे इसका जो रेटिंग आप लोग देते हो फोर मतलब उस वाले माइनक्राफ्ट से ये रियला वाला जो माइनक्राफ्ट है वो सबसे अच्छा है तो गाइस इस माइंड को विदाउट मनी कैसे डाउन करें मतलब बिना पैसे के इस माइंड को कैसे डाउनलोड करें आज मैं वीडियो में बताऊँगा तो गाइस हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी तक तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जा सके तो गाइज बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं तो गाइज आपको माइन कर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको आना है यूट्यूब एप्लीकेशन पे YouTube पे आने के बाद यहाँ पर मेरे चैनल पे आना है तो मेरे चैनल पे आने के बाद एक वीडियो पे मैंने Minecraft का यहाँ पर लिंक दे दिया है वहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो आपको Minecraft का लिंक मेरे पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है करने के बाद यहाँ पर मोर पे आपको क्लिक करना है तो नीचे आप लोग देख सकते हो माइंड का वर्जन वन इस ब्लू वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लगता तो गायस यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गया इसका नाम है link.androidapps.com तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है करने के बाद यहाँ पर देख सको माइनक्राफ्ट का जो भर्सन एक्सबॉक्स सर्वर वो आ चुका है तो इसको डाउन करने के लिए आई एम नॉट रोबोट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना है करने के बाद फिर से इसका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और नीचे आपको फिर से इस्क्रॉल डाउन करना है करने के बाद योर लिंक इस ऑलमोस्ट रेडी मतलब यहाँ पर कुछ ही सेकंड का प्रोसेस है तो आपको यहाँ पर वेट करना है कुछ सेकंड का तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा यहाँ सेकंड जो घट रहा है तो यहाँ पर आपको नीचे फिर से स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो डाउनलोड का फाइल है वो नीचे है तो यहाँ पर गेट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है करने के बाद यहाँ पर इसको आपको ऊपर की साइड यहाँ पर आपको कट कर देना है कट देने के बाद यहाँ पर देख सको तो इस माइन का जो यहाँ पर साइज़ है वो है एक सौ मतलब 130 MB के आसपास तो यहाँ पर इसके ब्लू वाले यहाँ पर इसको क्लिक करना है माइनक्राफ्ट में आपको क्लिक करना है करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का एक फाइल बन के आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डाँण, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है आपको डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद डिटेल्स पर देखना है तो गाइस यहाँ पर आपका जो माइंड क्राफ्ट डाउनलोड हो रहा है तो गाइस वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो सके फ्यू मिनट्स लेट तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो हमारा जो माइनक्राफ्ट क्राफ्ट डाउनलोड हो चुका है तो आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर स्टैगिंग ऐप अननोन नोन यहाँ पर कुछ इंस्टॉल सा होगा तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट करना है तो गाइस स्टैगिंग ऐप मतलब आपका यहाँ पर देख सकते तो आप लोगों के सामने यहीं कुछ आएगा इंस्टॉल तो ऊपर देख सकते हो माइंड इंस्टॉल तो, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जो आपका जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो गाइस मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ये गेम जो मेरे पास आगे से तो आपको दिखा देता हूँ तो गाइस यहाँ पर देख सको तो माइंड क्राफ्ट तो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो गाइज यहाँ पर देख सको तो माइंड क्राफ्ट आ चुका है मोजेंग स्टूडियोस तो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर माइनक्राफ्ट स्टार्ट होगा हो जाएगा तो गाइस देख सकते हो इंटरफेस तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई